हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केले के कोफ्ते की रेसिपी ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होने वाली है तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए इस रेसिपी को शुरू बनाने कर... के लिए मैंने यहाँ बारह पीस केले लिए हैं तो केलों को मैंने पहले छील लिया और उसके बाद मैंने इसे पानी में डुबो दिया है ताकि ये काले न पड़े सबसे पहले हम केलों को स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ कड़ाही में थोड़ा सा पानी डालकर इसे गर्म कर लिया है इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है और अब हम एक जाली वाला प्लेट में सभी केले को इस तरह से फैला लेंगे और इसे हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पांच से सात मिनट के लिए पकाना है मिनट बाद हम कवर हटा के, केले को एक बार चेक कर लेंगे तो देखिये कलर तो इसका चेंज हो चुका है अब हम केले को एक बार चेक कर लेंगे तो एक चाकू की मदद से हम इसे चेक करेंगे तो अब देख सकते हैं कि केला अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक केले ठंडा हो रहा है हम बाकी के भी तैयारियाँ कर लेते हैं तो मैंने एक प्लेट में तीन प्याज को रफली कट कर लिया है यहाँ मैंने आधा इंच अदरक थोड़ा सा लहसुन और दो हरी मिर्च ली है इसे हम एक बार में पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसी जार में हम दो टमाटर का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो मसालों को हमें यहाँ बहुत ही स्मूथ पीसना है दोनों मसालों का पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है तो देख सकते हैं आप कि मैंने इसे बहुत ही स्मूथ पिसा है तो अब हम इसे साइड रखते हैं तो चलिए अब हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं तो मैंने यहाँ केला लिया और अब हम इसे एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे अब हम एक मैसर की मदद से मैस कर लेंगे तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें की केला बिल्कुल ठंडा ना जब वह थोड़ी सी गर्म हो तभी हमें केले को मैश कर लेना है तो आप चाहे तो इसे एक मैसर की मदद से मैश करें या फिर आप हाथ से भी इसे मैच कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्ब नहीं होनी चाहिए तो देखिए केले को मैंने मैश कर लिया है तो अब इसमें अब हम बेसन ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया है तो इसे हम ऐड बेसन का इस्तेमाल हमें थोड़ा कम ही करना है इससे कोफ्ते ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है अगर आप बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बार कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च प्याज ऑप्शनल है अगर आप नहीं खाते हैं तो स्कीप कर सकते हैं और अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच काला नमक और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच रेगुलर नमक एक चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच साबुत जीरा और सबसे लास्ट में अब हम इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लेंगे और अब हम इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक हमें डो बना के तैयार कर लेना है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए डो बनके हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसे हम ग्रीस कर लेंगे और अब हम डो में से थोड़ा सा लोई लेकर हमें उसका एक बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है तो देखिए इस तरह से हम बन तो देखिए कोफ्ते के डो को मैंने सॉफ्ट तो ही लगाया है इससे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो देखिए एक बॉल्स बना के मैंने रेडी कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी के भी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे इस बात का यहाँ ध्यान रखिये कि बॉल्स बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए वरना जब हम उसे तेल में फ्राई करेंगे तो वो फट सकते तो देखिए सारे बॉल्स को मैंने बना के रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं तो चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने कड़ाही में तेल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया इस समय गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है तो अब हम एक एक करके बॉल्स तेल में डालेंगे अगर इस समय हम तेल को ज्यादा गर्म रखेंगे और फुल फ्लेम पे गैस को ऑन रखेंगे तो बॉल्स ऊपर से तो फ्राई हो जाएगी बट वो अंदर से कच्ची रह जाएगी तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना आधे बॉल्स को मैंने एक बार में डालना है और आधे को हम बाद में फ्राई करेंगे इन बॉल्स को हमें तुरंत नहीं पलटना है हम इसे कुछ सेकेंड के लिए अच्छे ऐसी फ्राई होने उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और हम उसे फिर दूसरे साइड ऐसी भी फ्राई करेंगे कुछ सेकेंड बाद उलटते पुलटते हमें कोफ्ते को दोनों ही साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर आप कोफ्ते को लाइट फ्राई करेंगे तो ग्रेवी में जाने के बाद उसका कलर और भी हल्का हो जाएगा तो कोफ्ते को हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसे फ्राई करने में मुझे टोटल पाँच मिनट लगा है तो देख सकते हैं आप कि अब कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके तो अब हम इन कोफ्तों को निकाल लेंगे और बाकी के भी बचे हुए कोफ्ते को हम फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कोफ्ते कितने बढ़िया से फ्राई हो गयी है तो अब हम बाकी के भी बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो देखिए सारे कोफ्ते को हमने फ्राई कर लिया है तो इसे भी हम निकाल लेंगे तो इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए हम इसी तेल में एक चुटकी हिंग डालेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ खरे मसाले मसालों को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को तीन से चार मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज जब थोड़ा सा भून जाए हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच मिर्ची पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक एड कर और अब हमें मसालों को अच्छे से पाँच मिनट के लिए भून पाँच मिनट मसालों को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी एड कर देंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे टमाटर को अब हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अब हमें मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना है जब तक मसालों में से तेल रिलीज ना होने लगे सारे प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है कुछ देर बाद आप देखेंगे की मसालों में से तेल रिलीज होने लगे और अब मसाला भी अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच आम दो कटी हुई हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी हम क्रश करके डालेंगे और इन मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए अच्छा भूनने के बाद हम इसमें ग्रेवी लगाएँगे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी या पतली रखनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं मसालों को आप जितना अच्छा भुनेंगे सब्जी उतना ही बढ़िया बनती है पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक उबाल आने तक का वेट करेंगे जब ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगेगा तब हम इसमें फ्राई किए हुए सभी कोफ्ते ऐड कर देंगे मैंने ग्रेवी के लिए दो गिलास पानी का इस्तेमाल किया है कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और पाँच मिनट के लिए हम इसे और कुक कर लेंगे पाँच मिनट बाद अब आप देखिए कोफ्ता बन के अब रेडी हो चुका है हम इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे इसका फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने तो देखिए कोफ्ता बन के रेडी हो चुका है आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताना ना भूल तब तक ले